अरे किसकी कितनी औका है टाइम आने पे बता देंगे और शरीर से पतले हुए तो क्या हुआ मेरे दोस्त इस शरीर में कितना जिगर है ना तुझे जल्दी दिखा देंगे